असलम वेलकम टू बैक शेख साइंस चैनल वी आर एन अदरवीडियो आज मैं आपको बताऊँगा कैनवा कोर्स हमारा जारी है और इन शकम्मल आपको बताऊंगा कैनवा सॉफ्टवेयर में हम क्या क्या बना सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं अभी तक हमने बहुत सी चीज़ें सीखी आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्विटेशन कार्ड कैसे बनाते हैं तो चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ तो ये जी हमने कैनवा को ओपन कर लेना जी कैनवा ओपन होते ही हमने इनविटेशन कार्ड वाली ऑप्शन की तरफ जाना ये जी जी जी ऑप्शन आ गई जी तो ये जी हम ओपन कर लिया इनविटेशन कार्ड तो। तो यहाँ पे आपको साइड पे बहुत से आपको यानी कि टैम्पलेट्स नज़र आ रहे होंगे तो कोई सा भी इसमें से चूज़ करके हम उसको अपने हिसाब से चेंज करके तो बना सकते हैं तो ये जी अगर हम क्रिसमस पे बनाना चाहते हैं क्रिसमस पे बना लें बर्थडे पे बनाना चाहते हैं बर्थडे वैसे है कोई इनविटेशन बनाना चाहते हैं वो बना लें वेडिंग पे बनाना चाहते हैं वो बना तो हम भी बर्थडे पर ट्राई तो ये यह हम यहाँ से कोई भी इन्विटेशन कार्ड का चेंज कर सारा है। तो आप डिलीट कर देंगे। दें यहाँ जी मैं अपना नाम लिखूंगा शेख आहत जी मैंने अपना नाम लिख लिया है तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है शेख आहमत बर्ड तो इसी तरह और भी आप चेंज भी तो ये ऊपर लिखा हुआ ज्वाइन तो तो अगर हम साउंड बड़ा करना चाहें तो ये बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ अगर हम लोकेशन डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं इसको यहाँ से डिलीट कर दें इसको डिलीट तो तो, तो कर दें तो यहाँ से अपलोड से नीचे ऑप्शन है टैक्स इसको जी दबाएंगे तो तो ऐड टैक्स बॉक्स कर दें यहाँ से हम लोकेशन डाल सकते हैं जैसा कि मैं डालता हूँ जी एड शाही किला इसको थोड़ा बोल करते हैं फिर आप सही नजर आए de language choice select kar lete hain अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल चैनल को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ढेरों कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा तो मिलते हैं इन अगली वीडियो में तो अल्लाह हाफ शुक्रिया उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही थैंक यू